गाड़ी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आ, मैं अभी ऐसा जगह है जो देहरादून में पहाड़ इलाका है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा काफ़ी अच्छा है सुंदर देखने में लगता है इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ एक बार आप देख लो कैसा लग रहा है लुक जो आपको पहाड़ दिख रहा है पे वहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर घर बन रहा है काफ़ी मैं आपको झूल कर ही दिखाता है आपको ओके गाइस दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में इसके लिए धन्यवाद थैंक यू कमेंट में लाइक करना बताना कि कैसा लगा आपको ओके बाय बाय